तो क्या आप भी अपने YouTube की वीडियोस को कायन मास् से ही एडिट करते हो अगर आप भी अपनी वीडियोस को कायन मास्टर से ही एडिट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूं, जिससे आप लोग अपने वॉइस को किसी भी वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ मैं एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता सबसे पहले अपना काइनमास्टर ऐप ओपन कीजिए। अब ओपन करने के बाद में यहाँ के ऊपर जाने बाद में नेक्स्ट अब यहाँ से कोई भी अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं अपनी हूँ तो मैं अपनी एक ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब ये वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में आप इसी अब आप, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे दिखाई देता है ये सिंबल तो इस सिंबल पे आप क्लिक कर दीजिए अब यहाँ से क्लिक करने के बाद में अपनी वॉइस नॉर्मल जो अपन बोलते हैं अब इनमें से आप किसी की भी वॉइस निकाल सकते हैं अगर आप एक किड़की एक बच्चे की वॉश निकालना चाहते हैं तो इस पर तो चलिए पहले मैं आपने वॉश निकाली दोस्तों क्या तो तो आप भी से अपने वीडियो को एडिट करते हो? अगर ये है मेरी अब मैं अपनी वॉइस कर सकता। तो आपने तो ऐसे ही आप भी अपने वॉइस को अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो